तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे मार्क्स पे जज की जाती है तो तुम्हारी औकात तुम्हारे कपड़ों से ही बता दी जाती है तुम्हारी ताकत तुम्हारी बाजों से नाप ली जाती है तो तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे शक्ल से ही समझ ली जाती है तुम्हारी नाकामयाबी पर तुम पर हंसा जाता है तो तुम्हारी सफलता पर किस्मत का टैग लगा दिया जाता है और बड़ी सरलता के साथ कह दिया जाता है कि तुम लड़के हो ऐसे टूटता जाता है अरे क्या बातें यार गाइस बात है यार अमेजिंग गाइस गरीबों की खूबसूरत अबे लोंडे रो पड़े क्या कर रहा है तू अरे रो अरे रहे हैं लोंडे चैट में रो रहे हैं दे आर क्राइंग